नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है मैं आपको बता रहा हूं छह महीने बाद सात आठ महीने बाद यह घर से नहीं निकल पाएगा हिंदुस्तान के युवा हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे इसको समझा देंगे मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना उन्होंने घोषणा की है कि छह महीने में मोदी को डंडे मारेंगे <laughs> और ये ये है ये बात सही कि काम जरा कठिन है तो तैयारी के लिए छह महीने तो लगते ही है तो छह महीने का समय तो अच्छा है लेकिन मैं भी छह ने महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दू